<coughs> क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है आप आराम से अपने बालों में तेल लगा रही होती और अचानक से आपकी बोतल नीचे गिर जाती है और आपके बोतल का सारा तेल नीचे गिर जाता है कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं गाइस ये है मेरी नेचुरल ब्यूटी मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ आज तो इंस्टाग्राम पर फोटोज की बारिश हो जाएगी फाइनली कल राशि दीदी की शादी है और मैं अपनी न्यू आइकोनिकल्स जो पहनने वाली हूँ शादी से आने के बाद बस थोड़ी दूर और घर आने ही वाला है आज मेरी बर्थडे पार्टी है वैसे भी ऑलरेडी मैंने सारे फ्रेंड्स को बोल ही दिया है मेरी मदर मुझे बर्थडे पर आईफोन देगी बर्थडे पार्टी के बाद